हेलो गाइस तो देख सकते हैं जैसे कि स्टार्ट हो रही है अभी जी के तो ये मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ इस ऐप का नाम है चीटी ऐप जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है कि अभी हम जा रहे हैं हमारा फर्स्ट मिशन चल रहा है तो देखते कितने अटैप्ट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में क्योंकि मेरा टाइम है वो भी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ मोबाइल तो ये हम जा रहे हैं के जा रहे हैं तो बहुत जाते हैं कुछ लाना बिल्कुल नहीं आती होता है तो भी जा रही होगा अभी तो ये कुछ चलाना नहीं आती अच्छी जा रहे हैं अभी तो हो गया तो जाहेगा आपको चिट्ठी आपके बारे में पता ही होगा उसमें हम कैसे गेम खेल सकते हैं तो अभी हम दूसरी बात वगैरह से खेलने जा रही हैं तो दोबारा फ चला रहे हैं Sir, <arts> I have stopped my betting. Mate, you need a break. I could go with Jamie's tow truck. We didn't got camera, but some money will be made. So him and Tony can smoke crack and peace. I'm good. Clean party. Kya kar raha hai? Concrete. Par abhi hum ja rahe. To a ke jaa. Okay. Thanks फॉर वॉचिंग